हम अस्थी में डोलेगे डोलेगे डोलेगे में डोलेगे आज तो बस बोले नरे लौटेंगे फिर से वही अंदाज के साथ किताबों में धूल लगने से कहानिया खत्म नहीं होती सब में कमियां हैं यहाँ कोई बेहतरीन नहीं, yeah! नहीं, नहीं होता बात नजरिए है कोई चेहरा हसीन नहीं होता के सब में कमियां हैं कोई यहाँ बेहतरीन नहीं होता बात नजरिए है कोई चेहरा हसी नहीं होता जनाजे उठ चुके हैं इस कदर भरोसे के अब तो कस्मे भी खा ले तो, तो यकीन नहीं होता yeah! yeah! The... अब क्यों जलते हैं मुझसे क्या बीमारी है अजी क्यों जलते हो मुझसे क्या बीमारी है तरक्की तो होनी थी मेरी मेरे बाप ने साइकिल पर जिंदगी गुजारी है अरे यार सुबह खाना क्या खाया था वो तो याद रहता नहीं है तो बचपन का प्यार क्या खा के याद रहेगा जाने अपने सफर में हूँ मजे में हूँ तो मजे में हूँ तो लगे पड़े हैं लोग हमारी बुराई करने में इतना वक्त खुद को देते तो शायद तुम भी कुछ हासिल कर लेते खामोशी पर मत जाया करो क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग दबी होती है जिस तरह से तुम चल रहे हो एक दिन तुम खुद को अकेला पाओगे जिस तरह से तुम चल रहे हो हमारा क्या है एक दिन खुद को अकेला पाओगे तुम सोचते हो पैसों से सब खरीद लोगे जब बात खुशियों की आएगी तो किसकी कीमत लगाओगे ध्यान से चलना मेरे दोस्त इस दुनिया में आड़वे कम और भड़वे ज्यादा है